घृणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर कु पहली ना इतना यकी मुझको कैसी घड़ी तो बात का तुझसे तू पास है जो मी सीने से तेरे सर संग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 नाल तेरे घर में सोचा बारी दिख जावे अखा चु भी तड़ रा I got. जीव टूट टूट खाबा बेच दिस तू मैनू छद तू तो है फिर मेरे दर मिया जुम्मन कहा मैं जो कभी कह न सका आज कह बे मजार शामिल नहीं थी तुझ में वो सारे पे मजार वो जिंदगी तो है फिर मेरे दर जो जुम्मन कहा रह गए मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूं पहली दफा से ही ये इश्क की है साजिशें मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही मुझे जीना हो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू तो रात दीवानी मैं सर्द सिका तेरे संग यारा खुश रंग बाहार मैं तेरा हो जाऊ जो तू तो परेश हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। मैंने छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आँखों में तेरा नाम है पहचान ले सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है बातों की की। बात है बात मैं जाऊंगा कभी तुझके ये जान ले ओ करम खुदाया है तेरा प्यार छुपाया है तुझपे मर के ही तो मुझ जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग तू रात दीवानी मैं सर दा वो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊँ जोत तो कर देशारा है शिल जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके के गैरों से जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से सदुख तो भी होता नहीं sanum so चाहते हैं सुन गुल जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते जै आंटी के सामने मैं जिप्सी पे दुषको बुलाऊंगा तब तू आएगी क्या तू आएगी क्या बता मैं एक घंटा घंटा तेरे सड़क के निकल पे अड़क के बिताऊंगा आएगी क्या बॉल बॉल आएगी क्या पूरी रात पूरा दिन के साथ अब मैं बिताना चाहूँ अब तुझे सारी दुनिया बोल तू बता बता बता क्या चाहिए तुझको तुझको तुझको मैं लाके दूंगा दूंगा अपना का पासवर्ड बता के दूंगा। जो भी बोल बोल जो भी बो, मुझे पता नहीं अभी मुझे शब्द भी आ रही है आ रही है जब पता चलेगा तो तुझको बताऊंगा के मैं के मैं क्या क्या लेके आऊंगा खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या? झिकित जाने लगे हम You. Yeah. सारी दुनिया से